असलकुम दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कुर्बानी के बकरे ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल के, के बकरे ये देखें इनशाला आपको इधर दौंदे और खीरे जानवर मिलेंगे मंडी में जानवर बहुत ज़्यादा आएँ आपको इनशाला मालूम लेके देंगे सारी क्योंकि कुर्बानी का टाइम है और सीज़न है इसलिए जानवर कुरबानी का बहुत ज़्यादा आ रहा है ये देखें साइड पर खड़े हैं माशाला बहुत हैवी जानवर हैं ये मैं इनशाला आपको सारे जानवरों का रेट लेके दूंगा उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को प्रेस करें करते हैं वीडियो स्टार्ट दोस्तों ये देखें माशाल्लाह बकरे बहुत ही कमाल के हैं ये बाहर लेके जा रहे हैं हम इनसे रेट वगैरह पूछते हैं क्या रेट है माशा आप देख सकते हैं ये दोदे और चौके बकरे होते हैं कुर्बानी के लिए और अकी के लिए रेट इनका पूछते हैं क्या रेट है आप देखें बहुत ही कमाल माशाल्लाह हाइट है इनकी और इस वजह से पूछते हैं क्या रेट है भाई क्या प्राइस है इसकी सत्तर सत्तर सत्तर सत्तर हज़ार दो दें खीरे ये दोंदे हैं सारे और सत्तर के हिसाब से आपको मिलेंगे सारे तो आपको और भी जानवर दिखाते हैं ये तो दोस्तों ये दो बकरे छोटे जो बकरे हैं खीरे वो अब आपको दिखाने लगे हैं और इनकी रेट वगैरह पूछेंगे क्या रेट है ये देखिए माशाल्लाह ये माशाल्लाह बहुत ही कमाल के जानवर हैं इनका पूछते हैं हम क्या चीज है क्या रेट है अच्छा साबर भाई इसके ये, ये दोन्दा दोन्दा। दो है खीरा दो दांत में ये छह नस्ल कौन सी पहले नस्ल बताएं कौन सी देसी बकरा है।, बक है क्योंकि हमारे इलाके देसी बकरा ही ज़्यादा चलता है क्योंकि माहौल इस तरह का मौसम के लिहाज से चलता है जानवर अच्छा इसकी क्या प्राइस होगी तैतीस हज़ार कोई प्यार मोहब्बत कितना प्यार हो जाएगा कार्गो भी कर हाँ नंबर मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे लेके दूंगा और दिखाएंगे ये तीस का हो जाएगा ये तैतीस का हो जाएगा ये तीस का, का, का होगा ये भी नागरे में और ये मुनासिब थोड़ा सा हो जाएगा अगर आपने लेना हो थोड़ा बहुत मुनासिब इसकी क्या प्राइस है इसकी पैंतीस हजार है तकरीबन कितना वेट होगा इसका चौबीस पच्चीस तो तो तो तो किलो गोश तो वही तीस का पड़ जाएगा तीस पैंतीस का अच्छा इसकी क्या प्राइस है इसका अठतीस हज़ार रुपये और सात वाला जो इसका और ये सात वाला बत्तिज़। इसका बत्तीस हजार ये कौन सी सिंधी नैदराबादी अच्छा आप कौन कौन सी मंडिया वगैरह करते हैं और नहीं मंडी कौन कौन सी करते हैं वो लाहौर तो ये होगी कुटिया और पत्तोगी तीन मंडिया करते हैं और कुर्बानी के जानवर इनके पास होते हैं गोश्त वाले भी होते हैं अगर किसी ने हकीक़े के लिए वैसे लेने हो हाँ। इनके पास सारे जानवर मिल जाते हैं मैं नंबर भी लेके देता हूँ क्या नंबर है साबर नंबर बताएं है जीरो तीन सौ पूरा अठासी अट्ठासी नौ सौ पचास कारगो की सहूलत भी मौजूद है तो जानवर आप में देखें इन शुरु कमाल के जानवर हैं मैं आपको थोड़े से और इनके जानवर हैं उनको भी नज़र देता हूँ ये देखें माशाल्लाह इनके पास जानवर बहुत ही मंडी में जानवर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मकदार में जानवर आ चुके हैं अभी तो ईद स्टार्ट हुई है अभी तो काफ़ी टाइम है एक मंथ डेढ़ मंथ है ईद में तो अभी से जानवर मंडी में आना शुरू हो गए हैं दोस्तों मजीद इस तरह की वीडियो ज... जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टाइगर गोड फार्म को आपको वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए लल्ला हाफिज़